वेलकम बैक बी एस गेमर में आप सभी का स्वागत है और भाई वीडियो को लास्ट तक देखो और भाई इंजॉय करो ओके okay, बड़ा मजेदार गेम प्ले होने वाला है भाई भाई भाई लेंगे और लेके भाई। तो भाई सा, हमारे साथ इलेक्ट्रिक में कोई नहीं उतरा किसको मारेंगे चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ और वीडियो को थोड़ा सा कट करते हैं भाई बुरा नहीं मारने का कट करते हैं और आप लोग भी कट नहीं करने का आप लोग रुके रहने का वीडियो को लास्ट तक देखने का कर दिया है भाई सब एग्जिट लाइन में जा रहा है और ये लगा सिक्सर ये लगा फोर और ये ही सिक्स था लेकिन पहले वाला फोर था तो जल्दी से जाते हैं इसको किल करने के लिए भाई साहब चलिए आगे देखो भाई भाई भाई भाई साहब कर रहा रहा है। है। है रुक रुक रुक रुक जा जा जा जा आ आ हम 184। किल किल चोरी। साले किल चोरी साले करता है मेरा भाई साहब किल चोरी भाई मेरा ये और ये मेरा किलचे कर लिया है भाई अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा देर भाई सावधान विश्राम करेंगे और आप लोग लाइक करेंगे है तो भाई चाहे आ गया और ये नोक और भाई साफ इसको नोक को किल लेते हैं वो क्या किल मिल गया भाई भाई देखते रहो लास्ट तक पूरे पूरे किल चोरी भाई, पूरे किल चोरी चोरी होता है है मेरा कार 98 जो चलाता है, उसको बता दे रहा हूँ पूरे किल चोरी मेरे ही होने वाला है देख लेना लास्ट तक इतनी तो किल चोरी होता है जब क्या किल चोरी का नंबर वन सर्टिफिकेट मिलना चाहिए तुझको तो भाई क्या तुम लोग क्या है यार, इंडिया सर्वर मतलब सपोर्ट वो क्या यार क्या यार तुम लोग मतलब क्यों इंडिया सर्वर तुम लोगों को क्या अच्छा लगेगा क्रिमिनल किर्मेन, बंडल फिर से आए ब्लैक रियर टीशर्ट शर्ट फिर से आ जाए मैपे फिर मतलब वो पोकर फिर से आ जाए क्या यार ये फालतू का इसके क्यों करते हो तुम लोग ये जो रियर है वो रियर की तरह ही रहने देना चाहिए और इसको रियर ही समझना चाहिए रियर मतलब रियर एक बार ही आता है दस बार नहीं रियर एक बार ही आना चाहिए क्या दस बार आना चाहिए तुम लोगों को ये अभी साला वो देख लो अभी इसका क्या नाम है समुद्र मंडल का सलाह कोई आता है डोसिंग वाला आ गया वो डोसिंग वाला साढ़ आ गया यार बकवास करते रहते क्या यार तुम लोग भी यार भाई जो चीज आ गया उसको छोड़ो अभी नया बनाओ ना कुछ नया कुछ बनाओ नया कुछ इंटरेस्टिंग करो हैश टैग इंडियन इंडिया फॉर इंडिया सर्वर हैश इंडिया सर्वर जस्टिस तुम लोग यार क्या यार बकवास बिल्कुल बकवास है और ये पूरी की पूरी तो टोटली बकवास है कोई काम का चीज नहीं है भाई तो इसीलिए आपको बता रहा हूँ ये सब करना छोड़ दो ये बड़े बड़े यूट्यूबर को देख के भी तुम लोग ये सब करना छोड़ दो जो डायमंड खर्चा करे डायमंड मिले डायमंड हम लोग पैसा देके खर्चा करेगा डायमंड खरीदेगा ये करेगा वो करेगा ये खरीदेगा कर क्या होगा क्या उससे कुछ नहीं आपका पास आलोक है मतलब अप्रो हो घंटा मेरा कुछ नहीं आलोक नहीं होने से भी बहुत प्रो हो सकते हो इतना तो गारंटी रख लो आलोक नहीं है ना तब भी तो इतना गारंटी रख लो जो तुम लोग प्रो हो सकते हो भाई क्योंकि तुम लोग का गेम प्ले बहुत हार्ड है आप तुम लोग आलोक जैसे 10 को भी मार सकते हो तो भाई साहब ये सब करना छोड़ो और मेरे चैनल को प्लीज लाइक करो ज़्यादा बकवास ना करते हुए दिलचोरी तो पूरा हो गया अब ये भाई बस लाइक करो स्मेन करना बंद करो बस एक बात इस स्पेन ये सब हैशटैग इंडियन फोर्स जस्टिस ये सब करना छोड़ो क्योंकि रियरशिप एक बारी आता है मैं आ भी गया तो तुम लोग क्या उखाड़ लोगे तुम लोग कर लोगे तो भाई वो सब करना छोड़ दो मिलते हैं किसी नया वीडियो में नेक्स्ट टाइम चिल्ड्रेन टेक केयर बाय बाय